हम किसी के बाबू है ना किसी की जान हम तो है बस हमारे माँ बाप की नालायक एक शैतान